सो हेलो एवरीबॉडी कैसे आप सब आई हो गए मैं के पी आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हैं ये है दुहाई का स्टेशन आरआरटीएस का जो बनाया जा रहा है और उस पर तेजी के साथ वहाँ पे कंस्ट्रक्सन वर्क चल रहा है दोस्तों और इसका जो प्लेटफॉर्म लेवल ले, है उस पर टेन साइड का स्ट्रक्चर अभी ढांचा बनाया जा रहा है फिर उसके बाद में टेन साइड इस पर डाला जाएगा यानी कि फिर रूफ बनाने का काम चलेगा और दोनों साइड में अभी एग्जिट और एंट्री पॉइंट बनाए जा रहे हैं जो कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था दोस्तों देख सकते हो आप लोग तस्वीरें तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दुहाई स्टेशन से लेकर और मुरादनगर के इस्टेशन तक के बीच में कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है क्या क्या वर्क चल रहा है दोनों स्टेशनों पर तो चलिए आपको दिखाते और बने रहिए ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए के संत के चैनल पर दोस्तों और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत वेलाइकिन भेजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के के चैनल पर पर देखते रहो के पी रहता हो और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दुआई का दोहाई स्टेशन का वीडियो बना के दिखाया था नीचे का भी और ऊपर का भी दोस्तों तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पर जो दोहाई का स्टेशन है जो कौन कौन सा लेवल है उस पर अभी मार्बल का फ्लोरिंग का काम चल रहा है और ऊपर स्टेशन के ऊपर आपको बताइए तीन सेट इस पर कनेक्ट किया जा रहा है उसका ढांचा बनाया जा रहा है फिर उसके बाद में आपको बताइए तो अभी इस पर दोनों काम हो रहे हैं देखो एक आपको बता दें एक लेयर तो इसमें ब्लैक टॉप की पहले कर दी थी दूसरी लेयर अब ये डाली जा रही है ब्लैक टॉप की तो यहाँ पर ये रोड बिल्कुल बिल्कुल बन के हो जाएगी और ये कुछ दिनों में ये सेफ्टी बोर्ड हटा दिए जाएंगे यहाँ से क्योंकि तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों तो आगे जैसे जैसे, जैसे चलेंगे वैसे वैसे, वैसे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक के खंभे भी लगाए जा रहे हैं और इस पर ट्रैक स्लेब डाल के इस पर ट्रैक बिछाया जा रहा है दोनों साइड में, साइडों में लेफ्ट में भी और राइट राइट में भी दोस्तों तो बहुत तेज़ी के साथ में इस ट्रैक स्लेब बिछाने का जो बर्क चल रहा है वही चल रहा है तेज़ी के साथ में तो देख सकते हैं लेफ्ट की लाइन चली जाती है डिपो के अंदर राइट की वाली लाइन चली जाती है मेरठ के लिए दो, दोस्तों डायरेक्ट और आपको बता दो तीस हजार दो तीस करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इसमें बयासी किलोमीटर का रूट है दोस्तों और आपको बता दूं कि ये 180 किलोमीटर की रफ़्तार से दौड़ेगी तो अभी इसके मार्च में इसके प्रायोरिटी सेक्शन खोल दिया जाएगा जो कि 17 किलोमीटर का पार्ट है उस पर पहली बार रैपिड रेल चलाई जाएगी उस पर वो चला जाएगा और आपको बता दूं कि हमारे मेड इंडिया लैस है ये आपको बता दूँ कि ये एक सिटी से दूसरी शहर को जोड़ेगी तो इसी वजह से इसकी कनेक्टिविटी फास्ट दी गई है दोस्तों तो आपको बता दूं देख सकते हैं ये ईस्टर्न पेरिफेरल है पीछे वाला जो कि हमारे एनसीआर का गोल चक्कर है तो आपको बता दें यहां से लेफ्ट में ऊपर चढ़ जाएंगे जो कि ग्रेटर नोएडा पलवल के लिए और इधर हम निकल जाएंगे दोस्तों तो चलिए आप लोग इन्जॉय करो और फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को दिखाते हैं तो आप लोग इन्जॉय करो दोस्तों देख सकते हो ये अभी ट्रैक बिछाना ट्रैक अभी इस डाले जा रहे हैं और इस पर ट्रैक बिछाया जा रहा है और देख सकते हैं इलेक्ट्रिकसिटी के खम्भे भी उधर लगा दिए जा चुके हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकसिटी के खंभे कहीं कहीं लगा दिए हैं कहीं कहीं अभी लगाए जा रहे हैं तेज़ी साथ में तो इस पर यही कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पर तो आप लोग ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के पी के चैनल पर और के पी आप लोगों के बीच में लाता रहता है और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों देख सकते हैं आप लोग तो दोस्तों देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं यहां पर मुरादनगर के स्टेशन पर दोस्तों तो आप अभी देख सकते हैं कौन कौन लेवल का जो मेन पॉइंट है स्टेशन का कौन कौस लेवल उस पर नीचे का फ्लोरिंग हो चुका है अब इस पर जो स्टेशन का पार्ट रहेगा उस पर फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है और इस पर गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है तो इस पर अभी सेटरिंग लगाई जा रही है इस फ्लोरिंग करने के लिए दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते ये प्लेटफॉर्म लेवल का है उस पर इसमें फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है अब तेज़ी के साथ में तो मैं दूसरी साइड में आ चुका हूं आप लोगों को दिखाने के लिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन भजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस के संत के चैनल पर देखते रहो के संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता मेरे प्यारे दोस्तों तो देख सकते हो नीचे कौन कौन से तो लेवल की फ्लोरिंग हो चुकी थी पहले ही और आप आगे मुरादनगर की जब हम नहर की साइड में चलेंगे उसकी साइड में कौन कौन तो लेवल की भी फ्लोरिंग की जा रही है और प्लेटफॉर्म लेवल की भी फ्लोरिंग का काम चल रहा है अब तेज़ी के साथ में दोस्तों तो ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है दोस्तों ये देख सकते हैं और ये जो जगह है ये है मुरादनगर कुछ इस टाइप यहाँ पर ये स्टेशन पर ये काम चल रहा है दिल्ली मेरठ आर आर आई जो बनाया जा रहा है उसका देख सकते हो यहाँ पर ये गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है और इस पर अब फ्लोरिंग का काम किया जाना है दोस्तों देख सकते हो ये और ये है मुरादनगर नगर इस्टेसन और इधर ये बनाया जा रहा है एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखो अभी फ्लोरिंग का काम चल रहा है ये सारे में फ्लोरिंग का काम चल रहा है अभी वो सॉरी इसमें फाउंडेशन बनाया जा रहा है और फाउंडेशन बना के उस तरीके से इसमें फिर इसमें कंक्रीट भरा जाएगा ऊपर ये थ्रिये खड़े किए जाएंगे और ऐसा ही बनाया जा रहा है उधर की भी साइड में तो चलो दिखाते हैं और फिर आप लोग बताना देख सकते हो अभी इस पर सारे पे ये फ्लोरिंग का ही काम चल रहा है इस साइड में तो दोस्तों आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा के का अच्छा लगा हो कमेंट कर देना लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना फ्रंट वेलाइकन भा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के के चैनल पर देखते रहो दोस्तों के पी संत लाता रहता है और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है तो देख सकते हो अभी यहाँ पर सारा ये फ्लोरिंग का ही काम चल रहा है स्टेशन के ऊपर तो गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है और यहाँ पर स्टेडर बनाए जाएंगे तो ये देख सकते हैं ये टेन लगाते हैं टेन लगा के फिर इस पर फ्लोरिंग किया जाता है दोस्तों तो आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा दूसरा एंट्री और एग्जिट पॉइंट दूसरा इधर ये इस साइड में बनाया जा रहा है ये देख सकते हो और यहाँ पर इतना अन्य नो देखो यहाँ पर ये लॉन्चर खड़ा किया गया था इस वजह से और देखो आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये फाउंडेशन बना दिया जा चुका है एंट्री और एग्जिट पॉइंट का देखो यहाँ पर यह फाउंडेशन बना दिया इन लोगों ने और इस तरीके से यहाँ पर यह एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है तो देखो किस किस तरीके से ये खुदाई करते हैं और खुदाई करके फिर ये फाउंडेशन बनाया जाता है फाउंडेशन बना के फिर इसमें पिलर ऊपर खड़े किए जाएंगे फिर इसको स्टेशन इस, इस से जोड़ा जाएगा तो ये है सीन यहाँ का देख सकते हो चारों तरफ इसमें अभी फ्लोरिंग का काम चल रहा है गाटर लॉन्चिंग कर दी जा चुकी है और ये जो जगह है ये है मुरादनगर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 आप लोगों के बीच में तो चलिए आप चलते हैं यहाँ से मोदी नगर के लिए तो वो आप लोगों को दूसरी वीडियो में देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर चलो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से तो एंजॉय करो आप लोग और चलते हैं